हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाउडी फाउजी स्टूडियो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं किशन सिंह आज आप सभी के सामने एक अपना खुद का स्वरचित गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा तो बिना देरी के शुरू करते कल आए या आना आए पर मैं तो वापस आऊंगा सब नमकी लता पर बिछाऊंगा अंधेरा हो जितना भी उसे पल भर में मिटाऊंगा आसमां के सूरज को मैं दिए में जलाऊंगा कुछ ऐसी खोज करूंगा खुद को इतना प्रबल बनाऊंगा जो बन चुके हैं इंसानियत के दुश्मन उन्हें जड़ से मिटाऊंगा जो सो चुके हैं चिरनिद्रा में उन्हें फिर से जगाऊंगा कल आए आना आए पर मैं तो वापस आऊंगा पर मैं तो वापस आऊंगा जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र इसी के साथ अलविदा लेते हैं आप सभी लोगों से और जल्दी ही मिलेंगे देखते रहिए हाउडी फौजी